कोई हमारे खर्चे भी देंगे ये आपको हम अपनी खुद भी थी बता रहे हैं आते जाते आप लोग देखते भी हैं ये नहीं कि देखते नहीं उन महापुरुषों से जिन्होंने प्रवास लगाए हुए भी आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या रवैया अख्यात किया हुआ है और हमने सारा कर दिया हाथ फैलेने तो वाला तुरंत मर जाता है शरीर की मौत जब होगी तो होती है क्यों यहां हरि के नाम को बेचा नहीं जा सकता अगर किसी पिता के बेटा बेटी लाइट मर है तो वो अपने पिता के नाम को नहीं बेचेंगे अगर वो पिता के नाम को बेचते हैं हमारी समस्या कोई पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता जब पिता अपने नाम को बेचना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ब्रह्मांड के कुल वाले हरि परमात्मा भी अपने नाम को बेचना बर्दाश्त नहीं कर सकते जीवन यापन के लिए खेतीबाड़ी, नौकरी व्यापार मजदूरी धंधा रोजगार है उससे जीवन जीवन यापन होगा दूसरे मायनों में देखें तो ज्यादा समय हमें आपका नहीं लेना है इन महापुरुषों ने जो जागर किया है वो तो समझने के बाद कुछ कहने कुछ श्रेष्ठ नहीं रह जाता है इतना कांठ बांध लो अनुशासित रहो मर्यादित रहो अनुशासित रहो मर्यादित रहो भेद रहित होकर निस्वार्थ प्रेम का तरीका शली का अपनाओ निस्वार्थ कोई स्वार्थ नहीं और दर्शन के महत्व को समझ लो बाणी के प्रभाव को समझ लो और वचन एक वरदान है वचन को मान के चलोगे जीवन धन हो जाएगा टने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेद शास्त्रों प्रणालों के योनियों में जाने से कुछ एक अलाउंस कर देना बकि अभी हम बताएंगे नारायण साकार की संपूर्ण विमान में सदा सदा के लिए जय जयकार चोसा के लेखपाल होंगे उनसे पूछ लो अलाउंस करना